वेलकम दोस्तों सबसे पहले आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं लास्ट टाइम का जो था उसका आंसर तो आंसर तो ये है रूक टेक्स इ सेवन फर्स्ट सेक्रीफाइस योर रूक आफ्टर बिट बिशेक्स इ सेवन और नाइट जी सिक्स चैक अगेन दूसरा सैक्रीफाइस यहां पे सब पे अटैक है नाइट का क्वीन का भी अटैक है तो यहां भी फोर्स मूव होगा ब्लैक के लिए एपटेक्स जी सिक्स और फिर क्वीन जी सिक्स अनस्टॉपेबल अनएल मेट है यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि नाइट भी इसे सपोर्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि नाइट ई फाइव के सामने फिर बिशअप चेक आएगा फोर्स रुकटेक्स बिशअप और क्वीन जी एकमेट तो ये था आंसर अब ये आपके सामने में पेश कर रहा हूं दूसरा आज का क्वेश्चन तो दोस्तों डे तो आज का इसमें है ब्लैक टू प्ले एंड विन आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो चैप्टर है थर्ड विशअप बी फाइव चैट स्कैंडियन डिफेंस स्कैंडियन डिफेंस जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वेरिएशन कंप्लीटेड कर दिए हैं। दोस्तों स्कैंडिनेवियन डिफेंस में पोर्टुगीज़ है, है आज देखने वाले थर्ड बी फोर चेक तो चलिए शुरू करते हैं थर्ड बी बी फाइव चेक इन डी -फाइव, फाइव नाइट एफ सिक्स ये हमारे पैटर्न है उसके बाद चेक इसके सामने रिप्लाई देना है नाइट अब थ्रेट है नेक्स्ट मूव में हम कर सकते हैं तो उसके लिए वाइट के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन सी फोर दोस्तों ज्यादातर गेम सी फोर से होती है ज्यादातर इसलिए इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे यहां करना है आपको ए अब यहाँ पे दो वेरिएशन है एक तो सिंपल है टेक्स नाइट बिशफ टेक्स नाइट उसके बाद आपको टेक्स बिशप करना है वाइट खेलेगा डी फोर सिंपल डेवलपमेंट ई सिक्स करना है डी टेक्स टेक्सिक्स और बिशफ टेक्स ई सिक्स आफ्टर डी फाइव यहां पे आपको खेलना है बिशअ जी फोर और ये हो जाएगी कन्वर्ट इन पोर्टुगीज गैम्बिट आफ्टर एट तो थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है पोर्टुगीज गैम्बेट में नाइट सी सिक्स होता है लेकिन इसमें भी आप बहुत ही अटैकिंग खेल सकते हो तो चलिए मेन वेरिएशन देखते हैं इसमें यह था हमारा साइड लाइन का वेरिएशन मेन वेरिएशन में क्या है ई फोर डी फाइव इी फाइव नाइट एफ सिक्स बी फाइव चेक नाइट बी डी देन सी और यहाँ पे आपको खेलना है A6, E6. ए सिक्स नॉट ई सिक्स अब यहाँ पे ज्यादातर तो प्लेयर बिशप ए फोर खेलते है के के लिए तो बीशब बीशब ए फोर के सामने आपको रिप्लाई देना है बी फाइव सी टेक्स बी फाइव और यहां आपको नाइट डिफाइड करना है अब यहां से टोटल मैं आपको चार वेरिएशन बताऊंगा यहाँ से आप चार भाग कर सकते हो लाइक like, uh, uh, वेरिएशन वन वेरिएशन टू वेरिएशन थ्री एंड वेरिएशन फोर तो सबसे पहले वेरिएशन वन वेरिएशन वन में वाइट के पास बी क्रॉस ए सिक्स के मुंह है इसमें आपको बिसेप्टेक्स ए सिक्स करना है अब यहाँ ये लाइट जो डायग्नल है कंट्रोल हो चुका है नाइट एफ ये एक क्वेश्चन मार्क है ब्लैंडर है यहां पे बेस्ट मूव है नाइट एफ और यहां चैकमेट इन वन मूव की थ्रेट है नाइट टेक्स टू अब इसका रिप्लाई व्हाइट कैसे देता है वो आपको उसके हिसाब से आपको आंसर देने हैं उसके बाद सामने वाले को लेकिन मेरे हिसाब से ब्लैक के लिए बहुत ही बेहतरीन पोजिशन हो गई है अब दूसरा वेरिशन देखते हैं B6, टेक्स अगर नहीं करता यहां वाइट खेलता है D4, तो N5, B6. फाइव बी सिक्स आफ्टर बिशअप बी यहां आपको खेलना है ई सिक्स नाइट एफ थ्री ए वाइट करेगा शॉर्ट कैसल और बिशअप E7. आपको अपना पोन वापस मिल जाता है और सिंपल वेरिएशन है और आपको सबसे मेन एडवांटेज इस पोजीशन में व्हाइट का जो डी फोर पोन है वो आइसोलेटेड हो चुका है तो इस फोन के हिसाब से आप गेम अच्छा खेल सकते हो एंड गेम तक थर्ड वेरिएशन जो है यहाँ पे फोर ए4 बी5 सीबी5 बी उसके बाद नाइट ए3 यहां वाइट नाइट ए3 कर सकता है तो भी आपको नाइट फाइव बी6 खेलना है आफ्टर बिशअ सी2 यहां पे व्हाइट बिशअ सी2 रखेगा तो यहां आपको एक क्रॉस बी5 आफ्टर बिशअप ए4 रुक बी शॉर्ट कैसल और ई बहुत सारी गेम्स इस पोजीशन से हो चुकी है नाइट सी थ्री वाला वेरिएशन जो है यहां पे व्हाइट नाइट एफ थ्री के बजाय सपोज उसने नाइट सी थ्री किया तो नाइट सी थ्री में भी आपको सेम मूव है, नाइट फाइव बी सिक्स बी सब d4, फोर एट एक्स बी फाइव नाइट एक्स बी फाइव बिशअप ए सिक्स नाइट सी थ्री और बिशअप डी सिक्स नाइट एफ थ्री और कैशल ये पोजिशन बेहतरीन पोजिशन है ब्लैक के लिए तो दोस्तों यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है अगर बीबी फाइव चैक देखे सामने वाला थर्ड वो में खेलता है तो नाइट सी थ्री वाला सिंपल वेरिएशन है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अब दिखाता हूं आपको एक मेरी खेली हुई गेम तो दोस्तों ये है लेटेस्ट गेम अभी मैंने रिसेंटली फाइव डेज पहले खेली थी इोर डी फाइव e5 ये डिक्लाइन लाइन है डीक्लाइन लाइन के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में इसके डिक्लाइन के सामने सी फाइव खेला जाता है नाइट एस बिशअ बी फाइव पिनिंग नाइट और बिशअप डी सेवन यहाँ पे सिंपल आपको पिनिंग में से अनपिन जल्दी करना है बिशअप टेक्स नाइट बिशअप टेक्स और ये बहुत ही बढ़िया पोजीशन में हमारा वाइट स्क्वायर जो बिशअप है c6 पे स्टेबल हो गया है आफ्टर कैसलिंग सिंपल ई सिक्स क्योंकि लाइट स्क्वेयर बीस ऑलरेडी डेवलप हो चुका है सी थ्री यहाँ पे ऑलवेज आपको वाइट का डी फोर स्टॉप करना होता है तो मैंने पहले से डी फोर कर दिया ताकि वाइट डी फोर नहीं खेल सके आफ्टर नाइट ए थ्री नाइट ई सेवन और नाइट सी फोर इसके रिप्लाई में आपको नाइट एट फाइव करना है क्योंकि नाइट डी सिक्स चेक की थ्रेट है यहाँ पे डी थ्री बी फाइव अटैक अर्ली अटैक कर सकते हो यहाँ पे कोई सेंटर में अटैक आएगा नहीं इस पोजिशन में तो हमें वाइट से डरने की कोई भी जरूरत नहीं कि वो सेंटर में किंग रखेंगे तो अटैक कर लेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है 27 सेवन आरी वन पॉन्टेक्स पॉन पॉन्टेक्स पॉन और यहां हम एक पॉन प्लस हो चुके है। दूसरा C3 हैं दूसरा पॉन सी भी हैंगिंग है यहाँ पे जिसे बचाने के लिए बी जरूरी है सिंपल बी सपी एक्सचेंज ये तो सामने से ऑफर कर रहा है जो पॉन डाउन है फिर भी तो मेरे लिए गेम एकदम इजी हो गई है, queen queen, queen, और डबल किया है बैटरी बनाई है सी फोर स्टॉपअ बिशप को हमने पहले से ही बैठ कर रखा है सी फोर ये राइट right टाइम पे राइट right मूव होनी चाहिए दोस्तों जब आप गेम खेलते हो तो यहाँ से मेरे पास बहुत सारे मूव है जैसे की रुक डी एट में खेल सकता हूँ और लाइक ये भी खेल सकते हैं आर एटी एट भी खेल सकते हैं लेकिन सबसे पहले मैंने सी फोर क्यू चुना क्योंकि सी फोर करने से डार्क डार्कवेयर बिशब जो है वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएगा तो तुरंत सी फोर का एडवांटेज हमें मिल रहा है नाइट ई नाइट डी फोर सिंपलीफाई ये तो हमारे लिए बेस्ट है दोनों पासफोन को कनेक्ट करके ये सी वाला फोन थ्रू आउट हमारा आगे बढ़ता जाएगा तो ये उसने हमारे लिए और भी इजी कर दिया है यहाँ पे रूक डी एट नाइट और यहाँ पे दोनों कंट्रोल में आगे जा रहे है अब देखिए व्हाइट का जो व्हाइट है बिल्कुल इनएक्टिव है अब यहाँ पे पोन चेन आगे बढ़ रही है अब इसका जवाब व्हाइट के पास कुछ नहीं है आफ्टर बी टू और यहाँ पे वाइट ने रिजाइन कर दिया और रिजाइन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट मूव में रुक एवन आगला जो प्लानिंग था बिशअ नाइट और मैं बिशप बी थ्री लाइक रुक एवन और सारे मूव मेरे पास विनिंग मूव थे इसीलिए वाइट ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया हालांकि गेम काफी हालास तक चली ही। और ही आप मेरे वीडियो देख के, के बाद ऑनलाइन अपनी गेम डेवलप कर सकते हैं हर एक गेम में आप ओपनिंग देख के भी खेल सकते हैं उसके बाद मिडल गेम में गेम आपके कंट्रोल में होनी चाहिए इसके लिए आपको बहुत सारे मिडल गेम के पजल्स करने होंगे मैं मेरे हरेक वीडियो में एक पजल आपको देता रहूंगा तो उसे भी आपको आंसर ढूंढने में ट्राई करना है 10 मिनट लगता है बहुत ही डिफिकल्ट पजल में देता हूं, जिसमें कोई आपको चैलेंज नहीं है कि भाई वाइट टू प्ले और फॉर्क करना है या वाइट टू प्ले पिनिंग करना है या पे मेटेन थ्री करना है ऐसा आपको कुछ भी दिया नहीं जाता है बस इतना कहा जाता है कि आपको वाइट टू प्ले और विन करना है विन कैसे करना है ये आपको ढूंढना है गेम में प्लस होके भी आप विन हो सकते हो हालांकि बहुत सारी ऐसी भी पजल होगी जिसमें सिर्फ एक पॉन लेना होता है पॉन प्लस होना होता है लेकिन उसके लिए भी बहुत बड़े कॉम्बिनेशन लगते हैं तो दोस्तों जल्द ही मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक, तक के लिए जय हिंद जय गुजरात